नमस्कार और आप देख रहे हैं फल पल फतेबाद के गांव हमजापुर के पास में आज सुबह ओवरटेकिंग के दौरान एक स्कूल बस टाटा एस से टकरा गई साइड लगने से स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई टाटा एस की गाड़ी स्कूल बस से टकराने के कारण स्कूल बस में सवार एक छात्र की बाजू कट गई जबकि सब खिड़कियां टूट जाने के कारण कुछ मामूली चोटे बच्चों को भी आई है बाजू कटने से गंभीर अवस्था में बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद रतिया रेफर किया गया वही घटना की सूचना मिलने के बाद रतिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त स्कूल वैन और टाटा एस को कब्जे में लेकर के थाने ले आई थाने में मौजूद स्कूल बस चालक सतवीर सिंह ने बताया कि हमजापुर के पास मैंने अपने बस को ओवरटेक किया था और इसी दौरान सामने से आ रही टाटा एस गाड़ी चालक को बस की साइड ली जिससे एक छात्र को गंभीर चोट लगी है तो वहीं स्कूल बस और टाटा एस की भिड़त के कारण इस घटना की जांच कर रहे रतिया थाना के जांच अधिकारी जगशेर सिंह ने बताया कि हमजापुर के पास स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में जानकारी मिली थी जिसके बाद मौके पर पहुँच के दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है और इस हादसे में स्कूल के बच्चों को काफी चोटें आई हैं एक छात्र गंभीर रूप से घायल है गंभीर रूप में छात्र को जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है छात्र और उसके परिजनों ने ये बयान दर्ज करने वाले मामले में इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी वहीं सड़क हादसे के बाद टाटा एस चालक मौके से फरार हो गया पल पल फतेहवाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट सान चढ़ के सूचना मिली कि एक हमजापुर के हमजापुर गाँव में एक स्कूल वैन का और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उस मौका पहुंचे जी पे अच्छा जी तो क्या क्या देखा आपने मुख्य पता चला अभी स्कूल जो बच्चा है उसके चोट लगी है उसको इलाज के लिए फतेहाबाद ले गया उसके बच्चे का भी पता करके ना कौन से हॉस्पिटल में है उसके बैन लेके अगली कार्रवाई अमल में लगी अच्छा अच्छा जो आशा वो ये ऐसा इस तरह जी हमजापुर मोड़ से ग्डीदम गे मगरों ट्राले के मगरों कटते सारी इन्हें ग्डी नाल फेट ये गलती ड्राइवर की थी ड्राइवर की गलती थी अच्छा कोई नशा वगैरह भी क्यों होगा तो उसने ना नशा दनीश जी इन्हें ट्राला अगर जा रहा जी इन्हने ग्डी नाली, नाली गड्ढी भी वो गड्डी हौली हौली जाती मैं उन्होंने ओवर पैक कर दिया जी मैं इधरों जाई आता जी फतेहबाद ठीक है जी कितने के बच्चे थे आपके व वैन में चाली के बच्चे है कि? अच्छा जी कितने बच्चों का नुकसान हुआ एक का जी अच्छा कैसे चोट कितनी का आई है बच्चे को रोडो ने जो तो एकदम ग्डी कटी जी पहले तो मेरे सीता पता मुड़ के उन्हें एकदम गड्डी परले एक नैट सैट कट के उन्हें पिछले बिन्नो मारी जा गए